दे आप लोग को कल ए, वो इससे पहले के क्लास में हम आपको टेक्टोनिक प्लेट बताए थे और बताए थे टेक्टोनिक प्लेट के कारण ही आपका क्या होता है भूकंप आते हैं भूकंप के कारण क्या है टेक्टोनिक प्लेट और भूकंप का हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिए थे कल आप भूकंप देखे थे या नहीं देखे थे ये बताइए कित भूकंप का टॉपिक देख लिए थे कि नहीं देख लिए थे कल भूकंप देख लिए थे ना टॉपिक अरे यार भूकंप का टॉपिक कल दिए थे भूकंप का टॉपिक बता दिए थे ना कल सर्वर अचानक नक्शा वाले क्लास में बैठ गया था तो देखिए भूकंप वाला टॉपिक आपको बताए थे और भूकंप में ये बता दिए थे कि भूकंप क्यों आते हैं सब समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसे क्या कहते हैं सुनामी, है? सुनामी कहते हैं समुद्री भूकंप को हम लोग क्या कहते हैं सुनामी कहते हैं और कोई अंतर नहीं है समुद्र में जब भूकंप आएगा तो समुद्री लहरें ऐसे ऐसे क्या होने लगती है चलने लगती है उसे क्या कहते हैं सुनामी कहते हैं अब हम दोबारा टेक्टॉनिक प्लेट पढ़ेंगे टेक्ट्रॉनिक प्लेट को तीन बार पढ़ना है तो पहला जो थोड़ा बहुत बता दिए थे वो बता टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत किसने दिया था हैरी हैस ने दिया था किसने दिया था हैरी हैस टेक्ट्रॉनिक प्लेट का सिद्धांत किसने दिया हैरी हैस ने दिया था अब समझते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत में क्या था देखिए पृथ्वी जो थी कहा जाता है भैया पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ दो तारा सिद्धांत बता दिए थे उससे ग्रहों के निर्माण हुए सर तो पृथ्वी बहुत पहले एक रेड हॉट थी पूरी तरह से क्या थी गर्म थी पृथ्वी रेड हॉट पृथ्वी कैसी थी रेड हॉट थी एकदम लाल तप्त थी रेड हॉट थी इसमें जिंदगी संभव ही था, था ही नहीं धीरे धीरे पृथ्वी जब ठंडा हुई तो इसके दो भाग में बंट गए पृथ्वी के जब ठंडा हुआ तो दो भाग में बटा एक बाहर सागर था एक बीच में सागर एक ऐसे वाला हिस्सा था तो बीच वाले को कहा गया पेंजिया इसे कहा गया पेंजिया इसे कहा गया पेंथलासा पेंथालासा इसे कहा गया पेंथलासा तो पेंजिया और पेंथलासा ये दो हो गया दोजिया और पेंथलासा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर हो गया पैंथालासा पेंथलासा कहा था बाहर में था पैंथलासा कहा था बाहर में अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे दो, दो दो दो बार आपको पढ़ना है कौन सा टॉपिक ये प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दो दो बार पढ़ना है रेड हॉट पृथ्वी थी पृथ्वी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया ना भाई तो पृथ्वी रेड हॉट थी बाहर में हो गया पेंथालासा अंदर हो गया पेंजिया अब ये जो पेंथालासा था ये बाहर का बाहर ही रह गया लेकिन पेंजिया के थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा पेंजिया के डिफरेंस आने लगा ये पेंजिया है पेंजिया और यह बाहर वाला पूरा समुन्द्र पेंथालासा पेंथालासा अब इसके बीच में एक और सागर आ गया जिसका नाम था तेथिस सागर तेथिस सागर कौन सा सागर तेथिस सागर तो उस समय जब पृथ्वी थी इस पर कोई आदमी नहीं रहता था तो ये पेंजिया था और ये क्या था पेंथालासा ये बाहर वाला पूरा सागर पेंथालासा था तो मतलब जब जिस समय पृथ्वी के में केवल एक ही महाद्वीप था इस पेंजिया को कहा गया सुपर कॉन्टिनेंट विशाल महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया को क्या कहा गया सुपर कॉन्टिनेंट उस समय पूरी पृथ्वी एक में थी सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया उस सुपर कॉन्टिनेंट के पास क्या था तो पेंथलासा पें तेथीस सागर था और बाहर बाहर में कौन सा सागर था पेंथलासा सागर था तेथी सागर अंदर था बाहर बाहर में पेंथलासा था।, था आगे बढ़ जाते हैं देखिए ये जो आप सागर देख रहे हैं ये ये एक सुपर कॉन्टिनेंट ये पूरा का पूरा क्या है एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और यहां पर देखेंगे तो ये वाला एरिया है तेतीस सागर का ये एरिया है तेतीस सागर ये एरिया तेतीस सागर का है और ये बाकी बाहर वाला जो एरिया था ये बाहर का जो एरिया है ये बाहर का एरिया कहलाता है आपका पैंथालासा कहलाता है बाद में यह महाद्वीप टूटने लगे जिसे महाद्वीपीय विस्थापन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं महाद्वीप ये विस्थापित होने लगे अब इस पर दो सिद्धांत दिया गया था एक सक्सेस हुआ एक नहीं सक्सेस हुआ हैरी हैस का सक्सेस हो गया वैगनर का सक्सेस नहीं हुआ देखिए ध्यान से अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो आप एक चीज गौर करिए यहाँ पर यह अफ्रीका महाद्वीप ये कैसा महादीप है अफ्रीका महाद्वीप है और इसी अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण अमेरिका स... क्या है जुड़ा हुआ है और आप यहाँ ध्यान दीजिए ये मेडागास्कर है ये क्या है मेडागास्कर दिख रहा है कि नहीं आज भी मेडागास्कर ऐसे ही है ये मेडागास्कर दिख रहा है और यहाँ देखिए ये गुजरात है और ये इंडिया है और आधाई इंडिया यहाँ पर है ये पाकिस्तान ईरान वाला एरिया है तो ये हम लोग अफ्रीका के पास थे आप मेडागास्कर को अभी भी देखिएगा तो तो ये मेटाकास्कर अभी भी है, इंडिया यहां से उठके कहां चला है, आगे की चला है, इंडिया इंडिया से चला चला चला चला गया गया गया, गया, आगे आगे की की ओर ओर महाद्वीपीय विस्थापन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्यूरी इसकी खोज किसने किया था वैगनर ने किया था, था. किसने किया भाई साहब वैगनर ने उन्नीस सौ बारह में वेगनर ने खोज किया 1912 में इन्होंने कहा कि देखिए वेगनर तो जिंदा थे नहीं उस समय कि इनको पता रहे कि एक ही था तो आखिर वेगनर पता कैसे किया कि पूरी दुनिया आपस में जुड़ी थी पता कैसे चला ये बताइए आगे बढ़े किसी को कोई दिक्कत नहीं है भूकंप वाला नहीं समझ में अरे रे बेकूब आप कैसे समझ में आएगा ध्यान से देखेंगे तो कहीं नहीं समझ में आएगा भाई अब ये बताइए कि वेगनर को कैसे पता चला था कि ये पृथ्वी पहले एक में थे सब हम तो आपको पढ़ा रहे हैं वेगनर ने बताया था इसलिए तो देखिए वेगनर एक जलवायु विज्ञान वाला था वो दुनिया में घूम घूम के नेचर क्लाइमेट को पढ़ता था तो उसने एक चीज गौर किया कि जो इस एरिया की मिट्टी है इस एरिया की मिट्टी अफ्रीका में इस एरिया की जो मिट्टी है सेम उसको ऐसी ही मिट्टी अमेरिका के इस हिस्सा में देखने को मिला अमेरिका के इस हिस्से में उसको सेम मिट्टी देखने को मिला तो उसको थोड़ा सा डाउट हुआ उसके बाद उसने एक चीज़ और देखा कि जैसे जिस कैटेगरी के, के जानवर इस साइड में हैं जो जो प्रजाति के हैं उसी उसी प्रजाति उसी उसी स्पेसीज के जानवर यहाँ भी हैं तो उसको डाउट हुआ कि ससुराल इन दोनों के बीच में लगभग 6000 किलोमीटर का डिफरेंस है लगभग कितना है 6000 हजार किलोमीटर का डिफरेंस है जानवर छः किलोमीटर तो जा ही नहीं सकते हैं हाँ छह हजार किलोमीटर तक जा ही नहीं सकते वहां पर तो ये आखिर वहां ऐसा क्या हुआ फिर उसने नक्शा देखा तो उसने कहा कि अगर इन नक्शा को ठेल के इसमें घुसाइएगा ना तो एकदम बढ़िया से फिट हो जाएगा आप देखिए ये अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका आपस में अगर फिट कीजिएगा तो आराम से फिट हो जाएगा आपको दिख रहा है कि नहीं ये सीमेट्रिक दिख रहे हैं सब कि नहीं दिख रहे हैं साहब बताइए क्या दोनों फिट हो जाएंगे कि नहीं फिट हो जाएंगे आंसर दीजिए क्या दोनों फिट हो जाएंगे बोलिए भाउ चल रहा है या नहीं चलिए समझ में आ गया आप लोग को <coughs> यह वाला एरिया हो गया किसी कोई दिक्कत नहीं तो उसको कहा कि भैया देखो ये दोनों आपस में पहले एक थे सब ये दोनों आपस में पहले एक थे सब लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने देखा कि अन्य जगहों पे ऐसा चीजें है कि नहीं अन्य जगहों पे ऐसा है या नहीं है तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक पर्वत श्रेणी है आपलेसियन पर्वत कौन सा पर्वत है आपलेसियन पर्वत तो ये पर्वत आपलेसियन पर्वत नक्शा में पढ़ा है आपलेसियन पर्वत उन्होंने देखा कि जैसा आपलेसियन पर्वत यहाँ है ना वैसे ही यहाँ पर उसी कैटेगरी का यहाँ एक पर्वत है इसका जो नाम है वो है आपका पर्वत यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट है यहाँ एंडीज है तो जैसी जैसी पर्वत श्रेणिया यहाँ हैं ऐसे ही कैटेगरी की यहाँ है तो उसने देखा कि भाई सब ये दोनों एक थे सब आज नहीं तो कल एक तो जरूर था सब ये सब जरूर एक में था सब तब कहा कि चलो भैया और देखते हैं उनको हद तब हो गया कि जब उन्होंने अंटार्क्टिका में जहां कोई नहीं रहता है केवल बर्फ जमा रहता है अंटार्कटिका में जहाँ कोई नहीं रहता वहां केवल बर्फ जमा रहता है इनको यहां पर कोयला मिल गया इनको यहां पर क्या मिल गया कोयला मिल गया अब आप बताइए भैया कोयला जो है एक जीवाश्म चट्टान है जब तक पेड़ पौधे या जानवर मरेंगे नहीं जानवर से तो कुछ खास फर्क पर नहीं पड़ता पेड़ पौधों से पेड़ पौधे बहुत ज्यादा संख्या में जब एक, एक जंगल का जंगल दब जाता है तो पेड़ पौधे जो होते हैं जब तक जल के मर के दबेंगे नहीं तब तक यहाँ पर कोयला नहीं मिल सकता है, पेट्रोलियम नहीं मिल सकता है तो यहाँ पर कोयला मिला क्यों जबकि यहाँ तो ना कोई पेड़ पौधा है ना कुछ है इसका मतलब या तो पहले यहाँ पर आदमी रहे होंगे नहीं तो ये ससुराल जगह कहीं दूसरे से उठ के आया है यहाँ पर तो वेगनर के कुछ दिमाग ऐसे ही लग रहा था लेकिन 1912 सौ बारह में द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध की लगभग शुरुआत हो गई थी अब देखिए ना 1914 में तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसकी पृष्ठभूमि तो शुरू थोड़ी सी पहले से ना चालू हो जाती है कि नहीं अब दो के चुनाव की तैयारी सब लोग अभी से कर रहे हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दो हजार अभी तो वैसे ही जो था यहाँ पर ये लोग इनको दिमाग में लगा उसके बाद इन्होंने एक चीज देखा कि ये जो ग्रीन लैंड है ये जो ग्रीनलैंड का एरिया देखिए देखिए ये जो ग्रीनलैंड का एरिया है इन्होंने देखा कि यूरोप से इसकी दूरी बढ़ती जा रही है ग्रीनलैंड यूरोप से भागते जा रहा है भागते जा रहा है और अमेरिका से इसकी दूरी घटती जा रही है घटती जा रही तो उन्होंने इस सिद्धांत को कहा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत महादीपी विस्थापन का सिद्धांत महादीपीय विस्थापन के सिद्धांत के तहत उन्हों, <coughs> उन्होंने सिमेट्रिक दिया जैसे आप मेडागास्कर को देखिए यहाँ पर और ये मोजाम्बिक यहाँ पर इसको इसमें सेट कीजिएगा ना उतार के तो सेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज थी ना विस्थापित हो रही थी लेकिन लोगों ने कहा कि ठीक है भैया आप जो लॉजिक दे रहे हैं लॉजिक सही है है कि पहले पहले कभी न, कभी एक एक एक ही ही कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हुआ हुआ हुआ हुआ होगा सुपर सुपर क्या क्या था एक ही में था था में उसके उसके बाद ये अलग हुआ है। उसके बाद ये क्या हुआ? अलग अलग हुआ लेकिन ये अलग क्यों हुआ तो इसको समझाने में वेगनर महोदय असफल हो गए वेगनर ने ऐसा सिद्धांत दे दिया जिसको कोई मानने को तैयार नहीं था वेगनर ने कहा कि देखिए जो पृथ्वी ऐसे घूम रही होती है ना पृथ्वी के घूमने से समुद्र के जल में हलचल होती है समुद्र के जल में हलचल होती है और वो हलचल क्या था इन महाद्वीपों को ढकेल ढकेल के ढकेल ढकेल के ले गया तो एक तरह से नॉर्मली कहिएगा तो ये सही है रीजन समझिए कैसे इसको प्रैक्टिकली देखिएगा आप एक थाली ले लीजिएगा थाली और उसमें खिचड़ी बिछा दीजिएगा खिचड़ी जो खाया जाता है और वो थालिया को लेकर खूब गोल गोलना चाहिएगा ऐसे ऐसे नचाएंगे ना खूब जोर से तो खिचड़ी जो थाली में का था कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर हो जाएंगे यानि खिचड़ी विस्थापन का सिद्धांत हो जाएगा किसका सिद्धांत हो जाएगा खिचड़ी विस्थापन का सिद्धांत समझ में आ रहा है खिचड़ी विस्थापन का सिद्धांत वेगनर का सिद्धांत खिचड़ी विस्थापन का सिद्धांत नहीं समझ रहे लोग एक आदमी कह रहा है कि सर फेसबुक ने क्या किया है अपने प्रचार में लद्दाख को कस, इंडिया के बाहर दिखा दिया है देखिए पीओके पाकिस्तान ने कब्जा किया है इ कब्जा किया है वो हमारा है और लद्दाख चाइना ने उन्नीस में कब्जा किया है इ कब्जा किया वो हमारा ही है अब हम तो ये कहते हैं कि हम सबको एक बार आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और एक बार जब डेवलप हो जाएंगे तो वापस लेते आएंगे लोग तो ये लोग भी दिखा देंगे लोग जब वापस लाएंगे तो दिखा देंगे चलिए वो सब पे अब कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है पहले इसको समझ जाते हैं वरना उधर जाएंगे तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने लगे देखिए भैया आगे समझते हैं हम लोग हो गया ना अब बात करते हम लोग इसके आगे तो इनका सिद्धांत तो सफल हो नहीं पाया लोगों ने कहा कि भैया तू झूठ बोल रहा है ऐसा है ही नहीं है तो इनके सिद्धांत को प्रूफ किया था किसने हैरी हेस ने हैरी हेस ने कहा कि रे भैया ऐसा बतिए नहीं है हैरी हेस ने कहा कि ऐसा बतिए नहीं है बात यहाँ ये है कि ये पूरी जमीन एक प्लेट पर स्थित है ये पूरी जमीन किस पर स्थित है प्लेट पर स्थित है पूरी जमीन प्लेट पर स्थित है और उस प्लेट को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट क्या कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट और प्लेट जहां जहां टकराएंगे वहां वहां भूकंप आएगा अब यहां देखो बबुआ समझिए सबसे बड़ा प्लेट जो है वो प्रशांत महासागर का प्लेट सबसे बड़ा प्लेट जो है प्रशांत महासागर का प्लेट ये यह यहाँ से शुरू होता है उधर तक जाता है प्रशांत महासागर का प्लेट अब आप पहले उन सब को छोड़िए अपना इंडियन प्लेट देखिए हम लोग हिंदुस्तान वालों का प्लेट हम लोग का ये प्लेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है इंडियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट के आधा हिस्सा पे हमारा हिंदुस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान ये सब है और आधा प्लेट पर हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है यानी हिंद महा ये वाला जो एरिया है ये ये जो देख रहे हैं, ये एरिया। इस प्लेट पे आधी दूरी पर क्या चीज है समुद्र है और आधी दूरी पे जमीन है नहीं समझे प्लेट जो है भैया प्लेट देखो ये पृथ्वी है प्लेट ऊपरी भाग पे है इसको बाहर निकाल के बड़ा बना देते हैं ये क्रस्ट है ये मेंटल है ये कोर है ठीक है ना ये कोर ये क्या है क्रस्ट है लेकिन इसी क्रस्ट पर क्या चीज है भैया समुद्र वगैरह भी हैं सब इसी प्लेट पर क्या है सर समुद्र है सब। अब यहां पे समुद्र भर गया तो भैया प्लेटवा तो वही है ना देखिए प्लेट तो वही है बस अंतर क्या है कि इस प्लेट पर यहां पर जमीन है यहाँ पर जमीन है और यहाँ पर क्या है समुद्र है फिर यहाँ पे जाके जमीन शुरू हो जाएगा पृथ्वी तो बहुत बड़ी है ना यार हम तो बस इतने खोल के निकाले हैं हम तो इतने खोल के निकाले पूरा पृथ्वी ऐसे है यहाँ पर हो सकता है कि इसके बाद फिर जमीन हो जाए तो सेम वैसे ही हमारी क्या चीज है ये इंडियन प्लेट है क्या इंडियन प्लेट पर क्या इंडियन प्लेट पर केवल और केवल जमीन है या फिर समुद्र भी है इंडियन प्लेट पर बताइए वो बाऊ हाँ, दोनों है इंडियन प्लेट पर दोनों है क्या चीज है दोनों है देखिए क्या क्या दोनों है आधा जमीन है आधा ये है इंडियन प्लेट के ऊपर आपको मिलेगा यूरोस यूरेशियन प्लेट ये बहुत बड़ा प्लेट है देखिए ये यहां से आया है यूरेशियन प्लेट ऐसे और इंडियन प्लेट से आके मिला है यूरेशियन प्लेट से आके मिला है। है, जब कभी भी इस पे झटका पड़ता यूरोप वाला इसको ढकेलता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ आके मिल रहा है तो पाकिस्तान का एरिया अफगानिस्तान का एरिया नेपाल भूटान का एरिया द, दहल जाता है क्या होता है दहल जाता है और ये जो इंडिया का प्लेट आ रहा है ये पूरी महाद्वीपों के बीचों बीच से गुजर के आ रहा है इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय भूकंपीय पेटी कहते हैं यह भूकंप लाता है लेकिन महाद्वीपों के बीचों भी इससे आ रहा है इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी कहते हैं नीचे से बताएंगे कि नीचे के हिस्सा से ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये कौन सा प्लेट है भैया ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर तो भैया पानी बहुत ज्यादा है देखिये तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर पानी बहुत ज्यादा है जमीन बहुत कम है ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर इतने दूर जमीन है और बाकी सब पे पानी है तो हमारा इंडियन प्लेट बताइए हमारा इंडियन प्लेट नीचे से किस प्लेट से टकराता है हमारा इंडियन प्लेट नीचे से किस प्लेट से टकराता है तो हमारा इंडियन प्लेट नीचे से टकराता है किस वाले प्लेट पर टकराएगा भैया नीचे से किस वाले प्लेट पर टकराएगा इंडियन प्लेट नीचे से किस प्लेट पर टकराएगा ऑस्ट्रेलियन प्लेट से वेरी गुड ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराता है लेकिन क्या होगा कि अब अब गहराई से जरा देखिए, जरा इसको गहराई से देखिए कि जहां पर ये टकराता है जहां पर ये टकराता है वो हमारा मेन लैंड नहीं है हमारा मेन लैंड यहाँ है हमारा मेन जमीन यहां है और ये जहां से टकराएगा ये लाल वाला एरिया यहाँ पर है अंडमान निकोबार के पास का एरिया तो यहां पर भूकंप आएगा लेकिन ये अंडमान निकोबार वाला एरिया समुन्दर के पास वाला एरिया है तो आप बताइए यहां भूकंप ज्यादा आएगा या सुनामी आ जाएगी ये बताइए भूकंप आ जाएगा कि सुनामी आप बताइए भूकंप या सुनामी <klars> भूकंप आएगा या सुनामी सुनामी यहां वेरी गुड सुनामी आएगा कभी याद है इधर कभी सुनामी आया है कभी अंडमान निकोबार या फिर ये इंडोनेशिया के पास कभी सुनामी आया है 2004 में मारा था तबाही के दिया था भयानक सुनामी आया था भैया भयानक भीषण सुनामी आई थी तो ऐसा नहीं है कि यहां पे सुनामी नहीं आई तो जब ये ऊपर वाला प्लेट डाले ढकेलेगा इसको तो ऊपर में हमको भूकंप के झटके मिलेंगे और जब ये नीचे वाला प्लेट ढकेलेगा तो हमें सुनामी देखने को मिलेगा अब आप ज्योग्राफी के हिसाब से बताइए <laughs> क्या कभी केरला या फिर तमिलनाडु के पास सुनामी देखने को मिलेगा अपने मन से बताइए क्या कभी केरला तमिलनाडु या भारत के दक्षिणी भाग जो समुद्र के किनारे हैं क्या यहां सुनामी देखने को मिलेगा बोलिए बोलिए मिलेगा नहीं भाई तुम लोग भूगोल वेता हो गया क्या है सुनामी नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा वेरी गुड सुनामी मिलेगा ही नहीं क्यों क्योंकि हेरी हैस ने प्लेटों की संरचना को बताया था कि ये प्लेट यहां है अब आप बताइए तो भारत के दक्षिणी भाग में भूकंप आएगा भारत के दक्षिणी भाग में भूकंप आएगा बताइए बताइए बताइए बताइए जल्दी जल्दी।, दे जल्दी क्या भारत के दक्षिणी भाग में भूकंप आएगा साउथ में भूकंप भूकंप भूकंप नहीं आएगा वेरी गुड वहा भूकंप नहीं आएगा कितने समझदार हैं आप लोग जी आ? बहुत समझदार हैं आप लोग तुरंत बता दिया है नहीं आएगा भाई विद्वान है सब नहीं आएगा भूकंप ठीक है वहां भूकंप नहीं आएगा जो आना वाला ऊपर है अंडमान निकोबार में भूकंप आएगा कि सुनामी अंडमान निकोबार में सुनामी आएगा सबसे भयानक सुनामी को लेकर कौन चिंता में है इंडोनेशिया क्या है इंडोनेशिया अब जरा हम लोग देखते हैं इसी टेक्टोनिक प्लेट के हिसाब से जापान को इंडिया में किसी को दिक्कत है तो बोलिए इंडिया में दिक्कत है इंडिया के इधर अरब में भी एक वो प्लेट है अरेबियन प्लेट अरब में भी एक प्लेट है अरेबियन प्लेट इस वजह से अरब और ईरान वगैरह में भूकंप आते रहते हैं तो प्लेट है। अरेबियन प्लेट हम लोग को नहीं ढकेलता है अरबियन प्लेट हम लोग को नहीं ढकेलता है अब हम लोग क्या आप तैयार हैं जापान में भूकंप देखने के लिए रेडी किया जा, जापान में नहीं अब आप बताइए जापान में भूकंप इतने ज्यादा क्यों आते हैं ससुरा रांची में भूख अवेलेबल होगा यार हाँ, थोड़ा बहुत भूकंप पाकिस्तान में पाकिस्तान में तो अच्छा खासा आ जाता है वहां अरे उन सब को छोड़िए ना उस मरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उस जीए क्या कर रहा है जनगणना के काम में आता है सब चलिए ध्यान देखिए हम यहां आपको लाल रंग का बना देते हैं जापान ये जो देश है लाल रंग का ये कौन देश है जापान है ये लाल रंग का देश कौन सा है जापान नाम का देश है अब इसमें हम प्लेट बनाना चालू करते हैं ये जो यूरेशियन प्लेट गया है एशिया की इधर वाला ये यहाँ जाके इसे खत्म हो रहा है यहाँ जाके इसे खत्म हो रहा है ठीक है यहाँ जाके खत्म हो रहा है और ये जो प्रशांत महासागर वाला प्लेट इधर से गया है ये प्रशांत महासागर वाला प्लेट इधर से आया है प्रशांत महासागर वाला प्लेट इधर से आया है तो यहाँ भूकंप आएगा कि नहीं आएगा और ये ससुर एगो यहाँ छोटा सा प्लेट है हम आपको बताए थे छोटे प्लेटों की संख्या कितनी थी 20 याद कीजिए छोटे प्लेटों की संख्या 20 थी और उस छोटे प्लेट 20 प्लेटों में से एक ये है फिलीपीन का प्लेट फिलीपींस प्लेट।, प्लेट कौन प्लेट फिलीपींस प्लेट तो अब आप, आप यहाँ प्लेट गिनी इधर से मार रहा है यूरेसियन प्लेट इधर से मार रहा है प्रशांत प्लेट और इधर से मार रहा है आपका फिलीपीन प्लेट बीच में घेरा गया ससुर जापान ले कबोई ढके लेगा तो उजलेगा कबो वो कबो ये जापान का हाल वैसा ही है, जैसे किसी को खटिया पे खटिया पे पे बैठा बैठा के, के, तीन गुद भूकंप तो और सुनामी दोनों आ जाते हैं भूकंप और सुनामी दोनों आते हैं सब लेकिन एक बात बताते हैं भूकंप और सुने... समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जापान गया हाँ हाँ किसी को दिक्कत है चलिए अब देखिए ध्यान से यहां पर प्लेट जो है मेरे बाबू मेरी और ध्यान से देखो अगर दो प्लेट पास आते हैं तो भूकंप होता है दो प्लेट पास आते हैं तो टकरा के भूकंप होता है अगर यह टकराहट हो जाए ऐसे टकराने लगे भूकंप से तो ऐसे हो सकता है कि इनके बीच में दरार पड़ जाए टकराने से दरार पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता या इनके दूर जाने से गैप हो सकता है कैसे भी करेंगे जहाँ दो प्लेट आएंगे टकराएंगे हल्का सा अगर दूर जाएंगे तो गैप हो जाएगा जब गैप हो जाएगा बबुआ क्या हो जाएगा गैप हो जाएगा जब ये प्लेट दूर जाने लगे या जोर से टकरा दे तो यहाँ दरार पड़ जाएगा और गैप हो जाएगा जैसे गैप होगा जैसे गैप होगा तो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा धधक के बाहर आएगा पृथ्वी के अंदर का मैग्मा धधक के बाहर आएगा और बाहर आएगा तो ज्वालामुखी बन जाएगा बाहर आएगा तो ज्वालामुखी बन जाएगा अब जरा देखिए ज्वालामुखी यहाँ भी बन जाता है यहाँ बन जाता है यहाँ टकराता है यहाँ बन जाता है यहाँ बन जाता है यहाँ बनता है यहाँ यहाँ बनता है ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ये सब क्या है सब ज्वालामुखी है सब क्या है सब ज्वालामुखी और ज्वालामुखी में आग तो धधकते रहता है इसलिए इस एरिया को कहते हैं कि आगों आग का आग ये एक तो रिंग है रिंग है तो इसे कहते हैं फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन तो प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आएंगे क्योंकि उनका जो प्लेट है वो क्या है वो उनका प्लेट दूर हटा कर सब समझ में आएगी नहीं संरचनात्मक प्लेट है अभी प्लेटों की कैटेगरी पर तीन टाइप का होता है संरचनात्मक प्लेट विनाशकारी प्लेट और एक भ्रंश भ्रंश वाला होता है जो ऊपर नीचे हो जाते हैं सब वो अभी बताएंगे तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को किसी को दिक्कत जापान में जरूरत से ज्यादा भूकंप आने के कारण जापान तीन तीन प्लेटों के संगम पर है एक ये वाला जो प्लेट है ये कौन सा प्लेट है प्रशांत ये है, फिलिपीन प्लेट और जो इधर से आ रहा है प्रशांत प्लेट इधर से आ जा रहा है यूरेसियन प्लेट किसी को कोई दिक्कत जापान में प्लेट भूकंप और प्रशांत महासागर में सुनामी को लेकर किसी को दिक्कत तो बोलिए भैया भरसांत प्लेट प्लेट नहीं प्रशांत कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत है मैप का क्लास नहीं हो पाया था आज मैप का क्लास नहीं हो पाया बी एस एन एल इंसान को मन करता थूर दे और हम ऐसा फंसे आपको बता नहीं सकते चलिए ध्यान दीजिए इधर फिर दो ठो सप्लाई ले लिया आज यहां समझ में आ गया अब आगे बढ़े इधर देखिए इसके अलावा आपसे दो तीन ठों क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर आपको इस्कारसिया सागर मिला था यहाँ पर स्कॉसिया सागर मिला था तो यहाँ पर एक प्लेट का नाम है इस्कारसियन प्लेट क्या नाम है स्कॉसियन प्लेट यहाँ है एक प्लेट का नाम है जिसका नाम है नजका प्लेट ये क्या नाम है इसका नजका प्लेट ये वाला जो प्लेट है इसका नाम है कोकोस प्लेट कोकोस प्लेट ये कौन सा सागर है करेबियन सागर तो इसका नाम है करेबियन प्लेट कौन सा है करेबियन प्लेट रेबियन प्लेट यहाँ एक बहुत सा छोटा प्लेट है जिसका नाम है फूका प्लेट क्या नाम है जॉन डी फूका प्लेट एफ से फूका प्लेट कौन सा प्लेट फूका प्लेट तो ये छोटका प्लेट का नाम क्या है फूका प्लेट छोटका प्लेट का नाम फूका प्लेट ई वाले का नाम कोकोस प्लेट कोकोस प्लेट की उस बार करेबियन प्लेस प्लेट अब में से कितने लोग बता सकते हैं कैरेबियन प्लेट और कोकोस प्लेट के ऊपर जो जमीन है इस जमीन का नाम क्या है यहां एक देश है इस देश बन गया है। जमीन है तो जमीन पे आदमी आ जाएगा इस देश का नाम क्या है इस देश का नाम क्या जियो का कनेक्शन इधर नहीं है रे बहु ना तो हम लेना लेते हैं मेक्सिको नहीं है पनामा है वेरी गुड पनामा पनामा पनामा है पनामा है चलिए ये वाला प्लेट का नाम कोकोस प्लेट इसका नाम क्या है प्लेट इसका नाम है क्या है फूका प्लेट कौन सा प्लेट फूका प्लेट इसका नाम बताइए नजका प्लेट कौन सा नजका प्लेट ये वाला बताइए तो ये प्लेट का नाम क्या है एस्कारियन प्लेट कौन सा प्लेट एस्कार प्लेट ये अरबियन प्लेट अरब में अरेबियन प्लेट ये इंडियन प्लेट ये फिलिपीन प्लेट फिलीपींस प्लेट कौन सा प्लेट फिलीपींस प्लेट कौन सा प्लेट फिलीपींस प्लेट अब हम आपसे पूछते हैं अमरीकी राज्य कैलिफोर्निया में आने वाले भूकंप का कारण अमरीकी राज्य कैलिफोर्निया में आने वाले भूकंप का कारण कौन सा प्लेट है अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में आने वाले भूकंप का कारण कौन सा प्लेट है फूका प्लेट फूका फूफा नहीं रे बबुआ। फूका प्लेट फूका प्लेट कौन सा प्लेट फूका प्लेट अब ये हो गया आपका कौन सा प्लेट कोकोस प्लेट ये याद रखना बबुआ बबूआ तीन चार गो नाम फूका याद रखना कोकोस नाम याद रखना और ये कौन सा प्लेट है ये कौन सा प्लेट है भैया ये प्लेट का नाम क्या है करेबियन प्लेट ये कौन सा प्लेट है नजका प्लेट कौन सा प्लेट नजका प्लेट ये प्लेट बताइए ये प्लेट का नाम क्या इस प्लेट का नाम क्या है एस्कार प्लेट कौन सा प्लेट एस्कार प्लेट प्लेट समझ में आ रहा है अब प्लेटों की कैटेगरी बता दे टोटल सात गो बड़ा प्लेट बीस गो छोटा प्लेट बीसों छोटकन छोटकन को याद नहीं रखना बड़कन प्लेट पर महादीप है बड़कन प्लेट पे क्या है महादीप है किसी को कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए चलिए अब प्लेटो की कैटेगरी बता देते हैं प्लेट कितने टाइप के होते हैं सब देखिए प्लेट सबसे पहले प्लेट प्लेट जो होंगे ऐसे हम प्लेट का फिगर बना देते हैं छोटा सा एक फिगर बना देते हैं ये प्लेट है ये बहुत नीचे तक गया रहता है ये प्लेट इसी प्लेट पर कहीं पानी रहता है जहां धंस गया प्लेट वहां पे क्या है समुद्र है कहीं पे बाद के चलिए यहां से ऐसे उठ गया तो ये द्वीप है जैसे अंडमान निकोबार उठ गया है तो ये समुद्र है, है। तो ये ठीक है तो ये अला है महाद्वीपीय प्लेट और यह है महासागरीय प्लेट तो महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट में आपको जानकर ताज़ुब होगा जो महासागरीय प्लेट होता है जिस पर महासागर होते हैं तो ये महासागरीय प्लेट ज़्यादा भारी होता है किसके तुलना में महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में ज़्यादा भारी होता है किसकी तुलना में महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में ये ज़्यादा भारी होता है कौन प्लेट महासागरीय प्लेट तो ये भारी होते हैं सब महासागरीय प्लेट भारी होते हैं महाद्वीपीय प्लेट हल्के होते हैं महाद्वीपीय प्लेट हल्के होते हैं सब अब इस प्लेटों की कैटेगरी देखेंगे तो एक होता है संरचनात्मक प्लेट संरचनात्मक संरचनात्मक प्लेट ये संरचनात्मक प्लेट एक एक होता है विनाशी प्लेट विनाशी प्लेट देखिए इससे किसी न किसी चीज का संरचना यानी कंस्ट्रक्शन बन जाएगा और इससे क्या हो जाएगा विनाश हो जाएगा इससे बनल चीज़ का क्या हो जाएगा विनाश हो जाएगा तो दो टाइप के प्लेट आपको दिखा एक संरचनात्मक प्लेट एक विनाशी प्लेट तो विनाशी प्लेट का क्या हम क्या होता है यहाँ पर तीसरा होता है एक संरक्षी प्लेट तीसरा क्या होता है संरक्षित प्लेट पहले इसको समझा देते हैं फिर आप समझिएगा रचनात्मक प्लेट से आपको एक चीज समझ में आ रहा है ये किसी न किसी चीज की रचना करेगा ये क्या करेगा किसी न किसी चीज की रचना करेगा जैसे आप देखिए ये हम आपको पृथ्वी बना देते हैं ये कोर हो गया यह हो गया ये, ये, ये क्रष्ट है ये क्या है क्रष्ट है क्रष्ट है यहां पर कोई एक प्लेट है एक ये प्लेट है और एक ये रेड कलर का ये दूसरा प्लेट है ये रेड कलर का दूसरा प्लेट है ये रेड कलर वाला प्लेट और ये ब्लैक कलर वाला प्लेट कितने प्लेट है भैया दो गो प्लेट है सब कितना प्लेट हो गया दो गो प्लेट हो गया अब यहां आप समझिए कि अगर ये प्लेट अगर ये प्लेट एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे क्या होने लगेंगे दूर हटने लगेंगे मान लीजिए ये इधर दूर हटने लगा क्या हो गया दूर हट गया यहाँ पे क्या हो गया दूर हट गया उधर भी एक प्लेट बना देते हैं उधर कौन सा प्लेट बना देखो ब्लू कलर का इधर बना देते हैं इधर एगो प्लेट हो गया एक इधर प्लेट हो गया कितने प्लेट दिख गए दो प्लेट दिख गए अब यहाँ क्या होता है कि अगर ये प्लेट इस प्लेट से दूर जा रहा है इस प्लेट से दूर जा रहा है तो खतरे की बात नहीं है इस प्लेट के करीब आएगा तो इसको ठोक देगा इसको क्या कर देगा ठोक देगा लेकिन जैसे जैसे इससे दूर जाएगा इससे दूर जाएगा तो इसमें गैप हो जाएगा क्या हो जाएगा गैप हो जाएगा और जैसे ही इसमें गैप होगा तो इसके अंदर का जो ज्वालामुखी निकल जाएगा बाहर अब बाहर निकल के क्या करेगा आग्नेय चट्टान औसाधी चट्टान ज्वालामुखी का निर्माण करेगा तो भयानक भयानक निर्माण करेगा तो अलग अलग चीज़ों की संरचना यहाँ बनने लगेगी इन्हीं संरचनाओं को हम कहते हैं संरचनात्मक प्लेट तो संरचनात्मक प्लेट उस प्लेट को कहते हैं जब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट से क्या होता है हटने लगता है तो संरचनात्मक प्लेट कहलाता है कितने लोगों को संरचनात्मक प्लेट पढ़ाते वक्त ऑटोमेटिक विनाशी प्लेट समझ में आ गया ऑटोमेटिक प्लेट समझ में आ गया उर्दू लिख दिया ये ये ये ये भाई पाकिस्तान वाला है क्या राहत कुमार गुप्ता सब सब मत लिख लिख पे डर लगता है हमको ये सब चीज़ से लिख रहा है को, पता चला बॉम मार देगा यहाँ पे भाई ये सब मत करिए डर लगता है कभी मार फोर फाड़ देगा दिक्कत हो जाएगा समझ समझ समझ समझ में में में में आ आ आ गया, गया, गया, देखो ये ये कैसे कैसे देख, देख समझ कैसे आया, जिस वक्त, जिस वक्त, वक्त प्लेट, इस दिशा संरचनात्मक प्लेट बना रहा था ठीक उसी समय यह चोट्टा उसको जाके ठोक दिया वह उसको जाके ठोक दिया इधर से फाक हो गया उसको जाके ठोक दिया तो जब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट को जाके ठोक देती है तो वहाँ विनाश आना फिक्स है वहाँ विनाश आना फिक्स है क्या फिक्स है बिनाश आना फिक्स है तो उसे कहते हैं विनासी प्लेट क्या कहते हैं विनासी प्लेट ढकेल देती है इसे क्या करती थी? ढकेल देती है इसे विनासी प्लेट कर देती क्या करेगी विनासी प्लेट करेगी अब आप बताइए ये प्लेट ये प्लेट इसमें से होगा क्या कि कोई ना कोई एगो प्लेट नीचे चलाएगा कोई ना कोई प्लेट ऊपर चलाएगा अब आप बताइए हमको कि भारी का नीचे जाएगा कि का नीचे जाएगा कौन वाला नीचे जाएगा जो भारी होगा वो नीचे जाएगा कि जो हल्का होगा वो नीचे जाएगा आप बताइए बोलिए बोलिए बोलिए बोलिए भारी वाला वेरी गुड अरे यारी तो बच्चों का चीज़ है भारी वाला नीचे चला भारी वाला क्या हो जाता है नीचे चला जाता है और ये जो बड़ा वाला प्लेट है ये ऊपर उठ जाता है बड़ा वाला प्लेट क्या हो जाता है ये वाला प्लेट ऊपर उठ जाता है और ये वाला नीचे घुस जाता है कुछ समझ में आया अरे बकलवा इतनी ध्यान से देखू पहाड़ बन गया है पहाड़ और जितने भी पर्वत का निर्माण हुआ है पर्वत व ऐसे ही बने हैं एको धंस गया है एको एक क्या हो गया ऐसे था एको धंस गया है देखिए ध्यान से एको धंस गया है नीचवा से ढकेल रहा है धंस यो रहा है और ढकेलियो रहा है धस यो रहा है ढकेलियो रहा है तो एको तो इस ससुर नीचे की ओर फोल्ड हो रहा है नीचे की ओर फोल्ड हो रहा है और ऊपर की ओर माउंटेन बन रहे हैं नीचे की ओर फोल्ड हो रहा है ऊपर की ओर माउंटेन बन रहे हैं देखिये नीचे की ओर फोल्ड हो रहा है ऊपर की ओर माउंटेन बन रहे हैं तो ऐसे माउंटेन को फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है ऐसे माउंटेन को फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है कौन माउंटेन कहा जाता है फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है फोल्डेड माउंटेन कहा, कहा जाता है चलो इधर देखिए इधर देखिए मेरी ओर यह हिंदुस्तान है इसके ऊपर इंडियन प्लेट है इंडियन प्लेट कौन प्लेट इंडियन प्लेट है और इस साइड में यूरेशियन प्लेट पूरा यूरोप और एशिया एक के में प्लेट है इस भारी था इस चल गया गया नीचे और हमारा ही इंडियन प्लेट चढ़ ऊपर और इंडियन प्लेट धाय धाय ढकेल के चढ़ गया ऊपर तो हिमालय पर्वत बन गया इस ससुरा और अभी ढकेलिए रहा है इसीलिए इसकी ऊंचाई कभी बढ़ती है कभी घट जाती है क्योंकि निचवा हलचल हो रहा है निचवा हलचल हो रहा है तो बताइए नेपाल यानी हमारा हिमालय संरचनात्मक प्लेट पर की बिनाशी प्लेट पर बताइए बताइए संरचनात्मक प्लेट पर की बिनाशी प्लेट पर मना हाँ विनाशी प्लेट पे है क्या करता है विनासी प्लेटों नेपाल का विनाश कर देता है नेपाल में भयानक आया था 2015 में कि 16 में कि 14 में आया था दिमाग से उतर गया सब लोग आप लोग झेले होंगे आया था ना नेपाल के लंबा झूम में पता है जिसमें भूकंप आया था हम ट्रेन से सफर करके आ रहे थे काफ़ी दूर से आए थे तो हम थक के सो गए थे जब भूकंप आया ना तो हमको लगा कि हमको थकान हो गया है शरीरवा हिल डुल रहा है जब हल्ला सुने ना तो हम कह रहे भाग रे भैया वरना तुम हमेशा के लिए थक जाएगा लेकिन भूकंप में आप ध्यान दीजिए आपको भूकंप के वक्त में ज्यादा भागना उगना नहीं चाहिए क्योंकि भूकंप पाँच से छह सेकंड में ही तबाही लाता है मेन पाँच से छः सेकंड में कितना दूर भाग जाइएगा तो बेहतर होना चाहिए कि आप घर बनाते समय भूकंप रोधी दें एक कमरा ऐसा रहे जो मजबूत हो छज्जा उज्जा उसमें ना हो आराम से बैठिए किनारे बैठिए हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं रहेगा आगे बढ़े नहीं समझ में आया यार आपके वजह से मेरी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया दूर ससुरत में तू लोग को गर्लफ्रेंड लगता है जिंदगी में तीन लोग केवल लड़ाने के लिए बने धर्म लड़की नेता इस चक्कर में पड़ेंगे लड़ाई होगा इन तीनों से दूर रहिए जिंदगी एकदम सुकून से है यहीं पर स्वर्ग है टेंशन में रहेंगे नहीं तो हमेशा तीनों तीनों लड़ाते रहता है छोड़ो इसको यहाँ समझ में आ गया प्लेटोलेट किसी को दिक्कत अब हम लोग ये समझते हैं अब हम लोग ये समझते हैं कि संरक्षित प्लेट क्या होता है संरक्षित प्लेट क्या होता है संरक्षी प्लेट देखिए संरक्षी संरक्षी प्लेट प्लेट प्लेट प्लेट प्लेट तब कहते हैं हैं का दे देते एक एक कोई प्लेट है, एक ऐसे कोई प्लेट है एगो इसके में प्लेट है ऐसे इसके इसके में देख संरक्षित संरक्षित अगर यह प्लेटवा करने लगा हैसे हैसे करने लगा तब कौन सा प्लेट है यह हो गया आपका संरक्षी प्लेट कौन सा प्लेट है यह ये बोलिए कौन प्लेट कौन प्लेट संरक्षी कौन प्लेट संरक्षी हाई बोलिए संरचनात्मक बिनाशी संरचनात्मक बिनाशी पलट गया जी संरचनात्मक विनाशी संरचनात्मक विनाशी संरचनात्मक और विनाशी समझा गया तो प्लेटवा पलट गया ऐसे नहीं होता है प्लेटवा नहीं पलटता देखो बिनाशी संरचनात्मक बिनाशी संरचनात्मक विनाशी संरचनात्मक अभी यह कौन प्लेट है यह संरक्षी संरक्षी। तो ऊपर नीचे होने लगता है ना तो क्या होता है संरक्षी होता है संरक्षी, संरक्षी, संरक्षी। किसी को दिक्कत प्लेटों की कैटेगरी बताओ तो कैगो होता है कैगो प्लेट तीन टाइप का हचाक से आया तबाही मचाएगा विनाशी प्लेट संरक्षी प्लेट सॉरी uh, ऊपर नीचे संरक्षित प्लेट और दूर जाएगा रक्षनात्मक प्लेट क्वेश्चन बताओ बबुआ मेरी ओर ध्यान से क्वेश्चन बताइए ध्यान से मेरी ओर अटलांटिक महासागर में सुनिए ध्यान से अटलांटिक महासागर में ठीक बीचों भी ये ये प्लेट देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका का प्लेट है ये दक्षिण पहले प्लेट देख लोट प्ले, प्लेट देखो प्लेट प्लेट इता देखो हाई कौन वाला प्लेट है दक्षिणी अमेरिका का प्लेट हुआ उत्तरी अमेरिका का प्लेट आई वाला प्लेट हुआ वा? अफ्रीकाशिया का प्लेटवा प्लेट? में कई गो प्लेट मिलकर बने अब हम आपसे पूछते हैं कि ये कैसा प्लेट है संरचनात्मक है या विनाशी हैत्मक हो गया तो बिनाशी देख के कैसे पता चलेगा देख के पता नहीं चलेगा तो इसको करने के लिए हमको करना पड़ेगा क्या चीज इसको करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा ध्यान से पर हमको पता करने चलेगा क्या है तो जब भूगोलवेताओं ने भूगोलवेताओं ने समुद्र की गहराई में देखा तो देखा यहाँ लंबी लंबी पहाड़ियां हैं जो डूबी हुई है समुद्र में डूबी हुई लंबी लाइन से पहाड़ियों को कटक कहते हैं तो इसमें पहाड़ियां डूबी हुई है कटक बना हुआ है क्या बना हुआ है कटक बना हुआ है इस कटक को कहते हैं मध्य माने बीच में अटलांटिक माने अटलांटिक सागर में मध्य अटलांटिक कटक मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हो गया है आप बताइए अब देखते हैं कि ये विनाशी है या संरचनात्मक है कितने लोग बता सकते हैं विनाशी है या संरचनात्मक है कितने लोग बता सकते विनाशी या संरचनात्मक बिनासी या संरचनात्मक बता रहे बबुआ लधा तो बिनाशी मार दिया गलत कर दिया गलत कर दिया रे बबुआ तू लोग गलत कर दिया सुनो गलत कैसे किया या ध्यान रखो गलत कैसे किया यहाँ देखो सब गलत जितना लोगों का बिनाशी आया है सबका गलत है बिनासी वाला गलत है अरे बबुआ देख, अगर बिनासी रहता, तो है से चापा है हई है दू गो से चापा है क्या किया है चाप दिया है उसको चापा है अगर ये बिनाशी रहता तो ये बहुत बड़ा पहाड़ बन गया रहता जिस तरह से हिमालय बना है जिस तरह से हिमालय बना है तो ये अगर विनाशी रहता तो चाप के इसको पहाड़ बना देता चाप के इसको पहाड़ बना देता लेकिन लेकिन ये चापा ही नहीं है ये पहाड़ अंदने रह गया है, फुस फुसफुस बॉम्ब की तरह हो गया धूस रह गया है इसका मतलब ये चापा नहीं है ये दूर हटे हैं सब जब ये दूर हटा होगा ना तो नीचे से ज्वालामुखी बुझबुज बुझबुज फेंक दिया होगा क्या होगा बुझबुज बुजबुज फेंका होगा बुझबुजुजु मतलब समझते हैं नहीं समझता है अरे छोटका लाइक उनको देखिएगा ना बुझ बुझाता है ऐसे मुंह में पानी ले लेगा ले देखो अब कैसा रही क्या निकलेगा लावा निकलेगा ऐसे लावा निकला होगा निचवा से लावा निकला होगा और लावा जैसे निकलता होगा लाल धक धगा के पानी में मिलके ठंडा जाता होगा रे सोच रहा यहाँ रहो तो ये लावा यहाँ से यहाँ तक फैल गया है फैल गया वो जगह जगह जो लावा बना है ना वही लावा बिछ गया है और ये लावा से बनता है हमारा आग्नेय चट्टान और इसी आग्नेय चट्टान को यहाँ से यहाँ बिछ गया है जिसे कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक कटक मध्य अटलांटिक कहीं ये ससुरे है, कहीं ससुरे है जहां कम है जहां इसकी कम है कम कम इसकी जहाज को उधर से नहीं जाने दिया जाता है पेंदी रगड़ा जाएगा पेंदी ये फूट जाएगा जहाज डूब जाएगी समझा गया नहीं समझा सबकी पता नहीं क्या कर समझा गया आगे बढ़ा समझ में आया सर की नहीं रहते ज्योग्राफी समझ में आता है समझ गया होगा हूं आ लोग छोटका छोटका प्लेट वहां याद रखना आई स्कॉसिया स्कॉसिया प्लेट नक्शा में पढ़ा है स्कॉसिया सागर नजका प्लेट कोकोस प्लेट हाफ कोकोस प्लेट फूका प्लेट जॉन डी फूका प्लेट बस फूका प्लेट याद हैबियन प्लेट प्लेट किसी को दिक्कत टेक्टोनिक प्लेट में दिक्कत तो बोलो हा? तो मेरी ओर ध्यान से देखो मेरी ओर ध्यान से देखो वेगनरवा जो बोला था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनरवा लोल था लेकिन समझदार भी था बेगनरवा बताया कि पहले सब एक जगह थे सब हैरी हैस बताया ना कि जो ना तुम महादीप बोल रहा है बकलोलवा वो महादीप नहीं प्लेट है हाई अफ्रीकन प्लेट है इसी में से अलग हुआ है साउथ अमेरिकन प्लेट इसमें से अलग हुआ है इंडियन प्लेट ये सब ससुरा एक के में थे वैगनर जिसे महादीप कह रहा था या हम लोग जिसे महाद्वीप कहते हैं ससुरा ये महाद्वीप है ये नहीं है ये कम पढ़े लिखे अबुद्धि बुद्धिहीन लोगों के लिए महाद्वीप है असल में ये प्लेट असल में ये प्लेट है इसीलिए वेगनर फेल हो गए लेकिन वेगनर ने सिद्धांत दिया और उसी ने बताया था कि ये सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था जिसके पास में एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर धीरे धीरे ये फैल गया लेकिन जो फैलने का सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी ऐसे घूम रही थी छित्रा गया खिचड़ी की तरह नहीं है पृथ्वी इसका सिद्ध किया था किसने हरीहैस ने किसने सिद्ध किया हरीहस किसी को कोई दिक्कत नहीं है हरिहस ने सीधी समझ में आ गया चलिए आगे समझिए बताया कि प्लेट ही ये जो पेंजिया था ये मेनली दो, दो भाग में बट गया ऊपर वाला कहलाया अंगारा लैंड नीचे वाला कहलाया गोंडवाना लैंड ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड ये देखिए ये जो पेंजिया था पेंजिया दो भाग में टूटा क्यों टूटा पेंजिया के टूटने के पीछे संरचनात्मक प्लेटों का हाथ या बिनासी प्लेटों का हाथ पेंजिया के टूटने के पीछे संरचनात्मक प्लेटों का हाथ या बिनासी प्लेटों का हाथ जल्दी बताइए संरचनात्मक प्लेटों का हाथ या बिनाशी प्लेटों का हाथ जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी। हाँ आप गए रहे बाबू हम चिल्ला चिल्ला के किस प्लेट का हाथ है हाँ हाँ संरचनात्मक वेरी गुड बाबू लोग बहुत अच्छा संरचनात्मक प्लेटो कहा टूट गया न तो टूटता तो का के छित ने टूट गया है तभी तो वो क्या हो गया टूट गया हाँ हाँ टूट गया कितने भाग में टूटा ऊपर वाला अंगारा लैंड जिसे कहा गया लारेसिया ऊपर वाला अंगारा लैंड जिसे कहा गया लारेसिया, उसे कहा गया लारेसिया, इसे क्या कहा गया लारेसिया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड नीचे वाला गोंडवाना लैंड नीचे वाला गोंडवाना लैंड जिसे कहा गया जम्बू द्वीप जिसे कहा गया जम्बू द्वीप जम्बू द्वीप हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं जम्बू यह भारत है यह भारत जो है यहां से उठ के ऐसे, ऐसे ऐसे ये है इंडोनेशिया और ये जाके ऊपर जाके सेटल हो गया क्या हो गया सेटल हो गया अब देखिए वर्तमान दुनिया को देखेंगे वर्तमान दुनिया को तो ये एसी मत मज्जा यार अरे अरे बाप बापरे का हो गया ये रुक रुक रुक रुक हाँ हाँ ओ माय गॉड व्हाट हैपन <laughs> संरचनात्मक हो जो भूकंप पे आ गया यहाँ तो भूकंप गड़बड़ हो गया यहाँ पे छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं आ चलिए ये जो है अंगारा लैंड का हिस्सा है किसका है अंगारा लैंड का हिस्सा है ये भी ये भी अंगारा लैंड का हिस्सा है किसका हिस्सा है अंगारा लैंड का हिस्सा है अफ्रीका का आधा भाग अंगारा लैंड का हिस्सा है और नीचे वाला ये गोंडवाना लैंड ये गोंडवाना लैंड और ये ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड ठीक है तो ऊपर वाले सब के सब अंगारा लैंड नीचे वाले सब के सब गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कुछ चीज़ ऐसे हैं जो दोनों का हिस्सा है जैसे अफ्रीका का ये वाला भाग ये अन, अंगारा लैंड में भी आ जाता है गोंडवाना लैंड में भी आ जाता है अंगारा लैंड में भी गोंडवाना लैंड में भी आ जाता है हमरे बबुआ लोग ई बताओ तो को हम हैरी हेस का सिद्धांत और वेगनर का सिद्धांत दोनों मिक्स करके पढ़ाएं मजबूरी थी हमारी मिक्स करके पढ़ाना ही पड़ता क्योंकि आधा बात ई बोला है आधा बात ऊ बोला है समझ में आया कितने लोग को समझ में आ गया यस बोलेंगे जितने लोग को समझ में आ गया यस बोलेंगे जिनको नहीं समझ में आ गया बो, बो है ससुरा। चिल्ला चिल्ला के गला बच गया मेरा यस समझ में आ गया आप लोगों को देखिए तो ये हो गया आपका वेगनर वेगनर का सिद्धांत महाद्वीपीय सिद्धांत था हैरी हैस हैरी हैस वेगनर ने दिया महाद्वीपीय विस्थापन विस्थापन और हैरी हैस ने दिया प्लेट टेक्टोनिक आप में से हम आपसे एक सवाल पूछते हैं प्लेट टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक ये जितने भी प्लेट दिखाई दे रहे हैं हमरे बाबू हमारे भैया इ प्लेटों आप मेहरबानी करके एगो जवाब दे दीजिए कि ये मेंटल पर तैर रहा है या एस्थेनोस्पियर पे तैर रहा है हमको बस इतना जवाब दे दीजिएगा कि ये जितने प्लेट हैं चाहे फूका प्लेट नज़क़ा प्लेट कोकोस प्लेट स्कर्सियन प्लेट अरबियन प्लेट जो भी प्लेट है बड़ा प्लेट या छोटा प्लेट ये मेंटल पर तैर रहा है या एस्थेनोस्पियर पर तैर रहा है किस पर तैर रहा है भैया पे गुड वेरी गुड वेरी गुड और अगर एग्जाम में नहीं नहीं दिया, अगर एग्जाम में नहीं है, तब आप मेंटल मारिएगा कि कोर मारिएगा ये बताइए अगर स्थेनोस्पियर एग्जाम में नहीं है तो मेंटल मारेंगे कि कोर मारेंगे बता दीजिए मेंटल या कोर आंसर दीजिए तो हाँ हाँ सब तो मेंटल मार देगा सब मेंटल सब लड़का होशियार है सब ठीक है बहुत अच्छा सब होशियार है सब पढ़ लिया सब ठीक है मंडे को मिलेंगे अब मंडे को यार ज्योग्राफी में बहुत मजा आता है पढ़ाने में कैमरा के सामने ना यार उस समझाने में वो गजब पता है जब आगे दस अब क्या करेंगे ना आगे यहाँ पे भी दस पंद्रह लड़का रख लेने लायक नाच खेल के पढ़ाओ लड़कों को एकदम मज़ा आ जाता है समझ में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वही साहब हम तुमको अपनी बात बताते हैं हम जब प्लेट पढ़े थे अपने स्टूडेंट लाइफ में नहीं समझ में आया था हम अपने दोस्तों से पूछ पूछ के पढ़े तो कुछ कुछ बताया था सब हमारा दोस्त एक दो बताया था कि नज प्लेट होता है तो हम आपसे दो प्लेट समझ में आया या नहीं आया प्लेट हमको नहीं समझ में आता स्टूडेंट लाइफ में आ गया ना आप लोग को हा पीडीएफ पीडीएफ सैटरडे है कल कैसे यार ये तो हम हाई है <laughs> इसमें कोई शक नहीं है हम है हम लापरवाह है इसमें कोई शक नहीं है आप एक सौ दस परसेंट राइट बोल रहे <laughs> सुन रहो कैसे भी पीडीएफ हम सोए रहे हैं जगे रहें कोई मतलब नहीं उठा के हम कैसे भी पीडीएफ एकदम कैसे भी कल पहुंच जाना चाहिए लड़कों के पास पीडीएफ नहीं तो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है सर पीडीएफ पीडीएफ लिख के पूछता है हमको बहुत अजीब लगता है यार हम कितने लापरवाह हैं चलो भाई हम बोल दिए आप ठीक है ट्रेन ट्रॉनिक बैच रेलवे ट्रॉनिक बैच ठीक है टॉनिक बैच भी ला देंगे ठीक है चलिए आप आगे का क्लास कब करेंगे लो? मंडे को बाय बाय गुड नाइट केमिस्ट्री का क्लास रात साढ़े आठ बजे